हेलो दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या फिर आप यूटूब पर काम करना चाहते हैं तो ये चार ऐप मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत काम में आने वाले हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं टू टेक्निकल आज की वीडियो में आपको चार ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक यूटूबर के पास होना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो आइए वीडियो शुरू करते हैं तो फर्स्ट है काइन मास्टर वीडियो शूट करने के बाद उसे एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप मोबाइल से वीडियो एडिट करते हैं तो काइन मास्टर बेस्ट एडिटर ऐप है मोबाइल फ़ोन पर जितने भी यूट्यूबर वीडियो एडिट करते हैं नाइनटी से ज़्यादा काइन का यूज़ करते हैं क्योंकि यह काफ़ी पावरफुल एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में वो सभी फ़ीचर्स है जो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए जरूरी होते हैं और दूसरा है वाइट स्टूडियो वीडियो अपलोड करने के बाद उसे मैनेज करने के लिए आपको व्हाइट स्टूडियो की ज़रूरत पड़ती है वीडियो को अपलोड करने के बाद यहाँ से आप अपने वीडियो का थंबनेल, डिस्क्रिप्शन टैग लगा सकते हैं यहाँ से आप अपने वीडियो पर कितने व्यूज़ सब्सक्राइबर आएँ देख सकते हैं जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो अनलिस्टेड करके अपलोड करें उसके बाद वाई स्टूडियो में आकर पब्लिश कर सकते हैं तीसरा है ट्यूब बडी इसकी हेल्प से आप अपने वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन टेग थंबनेल सही है का पता लगा सकते हैं इसके साथ साथ आप अपने वीडियो का टेग कितना रिंग कर रहा है इसका पता भी आप यहां से लगा सकते हैं और आपके वीडियो पर कितने व्यूज़ आएँ इसका पता भी यहाँ से आप लगा सकते हैं यहाँ से आप हाई लेवल के टेक भी सर्च कर लगा सकते हैं अपने वीडियो में चौथा है टेग यू यहाँ से आप अपने वीडियो के लिए टेग सर्च करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं साथ ही साथ आप किसी और की वीडियो की लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करके उस वीडियो का टेग का भी पता लगा सकते हैं तो ये थे चारों एप इन चारों ऐप का अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं जहां इन सभी ऐप को डिटेल में बताने वाला हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बाकी वीडियो मिस ना कर सको वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद